मैं आ चुका हूं आपके लिए कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक न्यू ऐप लेकर आया हूं जिससे आप इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं एंड दोस्तों लाइक्स भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में फॉलोअर्स बढ़ा बताऊँगा कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स कैसे बढ़ा सकते हो वो भी दोस्तों एकदम जेनुअन फॉलोवर्स बढ़ाकर दिखाऊँगा आपको एंड दोस्तों दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना है एंड दोस्तों आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है एंड दोस्तों आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लेना दोस्तों टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड दोस्तों इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आप वहां से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों तो दोस्तों ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों ऐप का नाम है के जीयर फॉलोवर्स तो दोस्तों इस ऐप से आज मैं आपको फॉलोवर्स बढ़ाकर दिखाऊँगा तो दोस्तों इस ऐप के लिए आपको चाहिए फेक आई की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों आपको फेक आई बना लेनी है दोस्तों फेक आई बनाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे फेक आई से लॉग कर लेना है की तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है तो दोस्तों देखिए मैंने इसको जैसे ही ओपन किया दोस्तों फेक आई डी करने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया दोस्तों दोस्तों आप जैसे ही फेक आई से यहाँ पे लॉग करोगे दोस्तों आपको 15 कोइंस फ्री में मिल जाएंगे बोनस कोड एंड दोस्तों आप जिस आई पर आपकी रियल आई पर फॉलोअ बढ़ाना चाहते हो आप वहाँ से बढ़ा सकते हो तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा इस एप के बारे में कि इस से आप फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हो दोस्तों तो दोस्तों आप जैसे ही फेक आई डी करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको ऑफ कर देना है एंड दोस्तों उसके बाद आपको देखिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो दोस्तों इसको ऑन कर देना है दोस्तों इसको फोर सेकंड पर ही ऑन कर देना है आपको अब दोस्तों बात आते हैं कि इस ऐप में कोइन कैसे कलेक्ट करना है दोस्तों इस ऐप में मैं, मैं आपको कोइन कलेक्ट कर कर बताऊँगा तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए फोलो का ऑप्शन दे रहा है यहाँ से आप फॉलो कर कर कर कोइन कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों एंड दोस्तों आप इसमें एक और ऑप्शन दिया है जिससे आप फ़ास्ट कोइन कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों तो दोस्तों जैसे ऑटो तो फॉलो में देते हैं ना ऑटो फॉलो का ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ऑटो फॉलो का ऑप्शन दिया है दोस्तों आप यहाँ से एकदम फास्ट पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों बिना फॉलो करे किसी को भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसको ऑटो मोड पर ऑन करके छोड़ देना है दोस्तों देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आ दोस्तों और आप दोस्तों यहाँ से बे भी हो सकते हो दोस्तों फिर भी ये वर्क करेगा दोस्तों देखिए मैं आपको ये कर दिखा देता हूँ दोस्तों देखिए वर्क कर रहा है दोस्तों मेरे हंड्रेड कोइंस है वन हंड्रेड हो गए दोस्तों तो वन डेट थ्री भी होगा एंड दोस्तों तो अब मैं आपको देखें फॉलोअर्स बढ़ाकर दिखाऊंगा कैसे बढ़ाने 100 प्लस कोइन कलेक्ट कर लेने एंड दोस्तों आपको जिस आईडी पर फॉलोअर्स बढ़ाने उस आईडी का यूजर ने आपको डालना है तो दोस्तों तो दोस्तों आप अपनी रियल आईडी पर फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों मैं आपको वो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक कर लेना एंड दोस्तों यहाँ से देखिए आप लाइक्स भी बढ़ा सकते हो अपने इंस्टाग्राम फोटोज़ पर तो दोस्तों देखिए आज मैं आपको फॉलोर्स बढ़ाकर दिखाऊँगा दोस्तों तो आपको होम वाले बटन पर आ जाना है तो दोस्तों देखिए होम वाले बटन पर आने वाल कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ से अपने फ़ोटोज़ पर लाइक्स बढ़ा सकते हो इन दोस्तों यहाँ से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलोज बढ़ा सकते हो दोस्तों देखिए मैं इस बार सर्च एंड ऑर्डर फॉर अदर पर आना है आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है एंड दोस्तों आप अपनी जिस भी रियल आईडी पर फॉलोज बढ़ाना चाहते हो उस रियल आईडी का यहाँ पे यूज़र नेम डालना दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे अपनी आई का यूज़र नेम डाल देता हूँ दोस्तों तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर की इंस्टाग्राम आई का यूज़र नेम डाल रहा हूँ दोस्तों दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर की आई का यूज़र नेम डाल दिया अब इसको सर्च करते हैं तो दोस्तों देखिए मेरे सब्सक्राइबर की आईडी आ चुके है दोस्तों मैं इस पर फॉलोअर्स बढ़ाकर दिखाऊंगा आपको तो दोस्तों देखिए मैंने सर्च कर लिया है दोस्तों देखिए मैं यहाँ से मेरे पास 103 सौ कोइन है दोस्तों देखिए मैं यहाँ से 102 सौ दो कोइन का टाक्स लगाकर दिखाता हूँ दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर के इंस्टाग्राम आई चेक करा देता हूँ अभी कितने फॉलोवर्स है उस पर तो चलिए दोस्तों में इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेता हूँ और दोस्तों देखिए मैंने अपने सब्सक्राइबर की आई खोल ली है इंस्टाग्राम पे दोस्तों आप देख सकते हैं वन फॉलोवर्स है दोस्तों देख लीजिए एकदम एकदम आपको रिफ्रेस करके दिखा देता हूँ दोस्तोंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी फोर फॉलोवर्स है तो चलिए दोस्तों मैं वापस से उस एप पर चला जाता हूं जिससे आपको फॉलोअ बढ़ाकर दिखाऊंगा मैं तो दोस्तों देखिए मैं यहां पे आ चुका हूं दोस्तों दोस्तों अब मैं यहां से आपको फॉलोवर्स बढ़ाकर दिखाऊंगा दोस्तों आपको देखिए आपके पास जितने भी कोई नहीं यहां से आप सेट कर लेना दोस्तों मिनिमम आपको हंड्रेड कोइन्स चाहिए फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए एंड दो उसके बाद आपको देखिए डो नोट सॉफ प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर क्लिक कर देना आपको एंड दोस्त उसके बाद आप यहां पे क्लिक करोगे दोस्तों पॉइंट बढ़ जाएंगे दोस्तों, आप आप दोस्तों आपको इस पर टिक नहीं करना है एंड दोस्तों आप हंड्रेड पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहां पे क्लिक करना है ऑर्डर पर तो दोस्तों देखिए मैं यहां पे ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ तो एंड दोस्तों देखिए ऑर्डर वाला ऑप्शन आ गया यहाँ पर आपको क्लिक कर देना एंड दोस्तों देखिए ये मेरा ऑर्डर लग रहा है तो दोस्तों थोड़ी देर वेट करते हैं दोस्तों देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है एंड दोस्तों देखिए मेरा यहाँ से कोइन कट चुके हैं दोस्तों 103 सौ तीन कोइन थे दोस्तों आप देख सकते हो तीन कोइन बचे हैं दोस्तों देखिए मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ लगा है नहीं लगा तो दोस्तों देखिए आपको वाले बटन पर जाना एंड दोस्तों यहाँ पर माई ऑर्डर पर क्लिक करना है आप एंड दोस्तों देखिए यहाँ से ये ऑर्डर लगना स्टार्ट होगा दोस्तों देख सकते हो मैंने 50 फॉलोवर्स का ऑर्डर लगाया था दोस्तों देखिए मुझे 4 फॉलोवर्स रिसीव हो गए एंड दोस्तों 46 बचे हैं तो दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं इसको मैं दोस्तों देखिए मैंने रिफ़्रेश कर दिया एंड दोस्तों फॉलोअर्स जा रहा है तो दोस्तों एक बार मैं इंस्टाग्राम पर ले जाकर आपको दिखा देता हूँ फॉलोवर्स पहुँचे या नहीं पहुँचे दोस्तों एक बार मैं आपको रिफ़्रेश कर दिखा देता हूँ फॉलोवर्स आए नहीं है तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे आपको 1964 थाउजेंड नाइन हंड्रेड फॉलोअर्स दिखाते हैं दोस्तों आप देख सकते हो 1969 थाउजेंड फॉलोवर्स हो चुके हैं दोस्तों एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसको तो आप देख सकते हो ये फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों दोस्तों ये देख सकते हो फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं तो दोस्तों आप थोड़ी देर वेट करोगे दोस्तों आपको फिफ्टी फॉलोवर्स पूरा जेनविन मिल जाएंगे अब दोस्तों ये ऐप को डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वो ही बता देता हूं दोस्तों आपको एक कोई भी टी ब्राउज़र ओपन कर लेना है तो दोस्तों देखिए मैं यहां से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूं दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है टेक डैमेज तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर टेक डैमेज सर्च कर लिया एंड दोस्तों देखिए यहाँ पर सब फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ चुके इस पर क्लिक करना है कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा एंड दोस्तों आपको इस करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है दोस्तों देखिए तीसरे नंबर पर ये दिख रहा होगा केजियर फॉलोअर्स तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों इस पर क्लिक करने में बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों इसको इस्कूल करके थोड़ा सा नीचे आ, आ जाना है दोस्तो दोस्तो इसको करके नीचे आ जाना है दोस्तों आपको दोस्तों देखिए स्कूल करके नीचे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा दोस्तों आपको तो देखिए दोस्तों ये डाउनलोड वाला बटन देख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको एंड दोस्तों देखिए फिर से एक न्यू पेज खुल जाएगा दोस्तों इसको इसको करके थोड़ा सा नीचे आना है एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे सेकंड चल रहा है तो दोस्तों ये सेकंड खत्म होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं तो तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं डाउनलोड वाला ऑप्शन आ चुका है दोस्तों इस पर क्लिक करना है आपको दोस्तों देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस पैसाएगा दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों देखिए मैंने इस ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके कर रखा था दोस्तों मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रूँगा एंड दोस्तों मैंने आपको बता दिया इस ऐप से फॉलोवर्स कैसे बढ़ाना है इसको डाउनलोड कैसे करना है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना इंस्टा पर फॉलो नहीं किया था फॉलो कर लेना एंड दोस्तों टेलीग्राम पर जॉइन नहीं किया तो जॉइन कर लीजिए दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों